iPhone 14 गिव अवे जो है उसके लिए आपको हम उनको फीचर करेंगे जी हाँ आप लोग होंगे एक्स वाइजी रिकॉर्ड चैनल के ऊपर और साथ ही साथ में एक्स वाई जी रिकॉर्ड को सब्सक्राइब कर लेना है हेलो आज है बहुत ही खुशी का दिन और आप लोगों के लिए भी है एक मजेदार सरप्राइज जो कि आपने देख देखा मेरे हाथ में है ये iPhone 14 और गाइस इसका होगा और साथ ही साथ में बहुत सारी गुड न्यूजेस भी हैं और बहुत सारी मजेदार अपडेट्स भी हैं तो गाइस फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं फोन की वे की बात करेंगे और और भी कई चीजों की बात करेंगे तो गाइस आपको वैसे तो पता ही होगा कि हमारा ऑफिशियल म्यूजिक चैनल एक्स वाई लॉन्च हो चुका है जिसके ऊपर पहला गाना जस्ट आने वाला है जो गाना है वो एक बजे आएगा अप्रैल को यानी कि आज ही अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो तो लगभग ये मान के चलो कि पंद्रह बीस मिनट आधे घंटे में गाना आ जाएगा लेकिन अगर आप एक बजे के बाद में छह अप्रैल को देख रहे हो या उसके बाद देख रहे हो तो जो गाना है ऑलरेडी आ चुका है भाई अब बात करते हैं गाने के बारे में तो गाइज रियलिटी ये है कि ये गाना जब से बना है उसके बाद से मैंने पिछले दो दिन पहले तक इस गाने को देखा ही नहीं था या फिर सही बताऊं तो गाइज मैं देख ही नहीं पाता था मैं जब गाना शुरू करता था उसको खत्म नहीं कर पाता था क्योंकि जो जो चीज जो घटना आपके साथ हुई है उसके साथ में जो हुआ है वो याद करके भी बड़ा अजीब सा लगता है और वो यादें एकदम से वैसे ही ताजा हो जाती जैसे ही गाना शुरू होता लेकिन अब लास्ट में जब गाना आप लोगों के सामने आना था तो जाकर के मैंने गाना देखा बड़ी मुश्किल से पूरे शरीर में घूस वम्स आ जाते हैं पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं गाना देखते हैं तो क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था स्नैक बाइट वाला तो भाई मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी लेकिन उस टाइम पे मेरे साथी लोग दोस्त लोग मेरी फैमिली और आप सब लोग आप सब हमारी यूट्यूब की जो फैमिली है उन्होंने मतलब यार जो कोई सोच भी नहीं सकता उससे कहीं ज़्यादा उससे कहीं ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया उससे कहीं ज़्यादा आपने दुआएं करी कोई मंदिर गया कोई अपने घर में भगवान से प्रे कर रहा है कोई कमेंट बॉक्स में लिख रहा है इंस्टाग्राम के मैसेजेस पूरे भरे हुए हैं यूट्यूब के कमेंट्स पूरे भरे हुए हैं जब मैंने सब देखा बाद में कि भाई उसको तो मैं बता ही नहीं सकता और जो चीज़ें उस टाइम पर हुई जब ये इंसिडेंट हुआ वो सारी उस गाने के अंदर है तो गाना आप लोग ज़रूर से देखना और इसके साथ में एक चीज़ और भी है कि भाई ये इंसिडेंट होने के बाद है मेरी जो लाइफ है वो बहुत हद तक बदल गई मेरी जो सोच है वो बहुत हद तक बदल गई अब मेरे लिए जो धंधा है जो बिजनेस है जो काम है जो पैसे हैं उनकी जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं उतनी नहीं रही है जितनी कुछ करने के लिए हो गई हालांकि पहले भी ऐसा नहीं था कि जिंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए या ऐसा लेकिन अब वो थिंकिंग बिल्कुल ही बदल गई है कि भाई अब कुछ करना है तो वो करना है लोगों के लिए वो करना है अपनी क्रेजी फैमिली के लिए क्रेजी आर्मी के लिए आप लोगों के लिए और ये चैनल स्टार्ट करने का भी कहीं ना कहीं यही मकसद है कि यहाँ पर नए लोगों को मौका मिले नए टैलेंट्स को मौका मिले तो भाई ये जो आईफोन है मतलब ये वाला तो एक डब्बा है लेकिन असली का आईफोन 14 जो है वो आपका हो सकता है गाना है नहीं जाना आपको उस गाने के साथ में कुछ भी क्रिएटिविटी करके रील्स बनानी है ठीक है इंस्टाग्राम पे और करना है मुझे मेंशन अमित डॉट वाई टी एम आई टी डॉट वाई ये है मेरा इंस्टा हैंडल वहां पर आप फॉलो भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब कर लेना है फिर से बता देता हूं आईफोन फोर्टीन गिव अवे जो है उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे जो है रील्स बनानी है और वहां पर कुछ भी क्रिएटिविटी लगाओ गा, इस गाने में आप कैसा भी वीडियो बनाओ ये जो गाना है इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने वंस के साथ में जैसे कि अपने दोस्तों के साथ में अपने माता पिता के साथ में अपने भाई बहन के साथ में हर किसी के साथ में जो गाना है सूट कर जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आपके भी दिल को छू जाएगा आप जिस भी रिश्ते सोचेंगे और आप, आपका जो मन करे उस तरीके की वीडियोज बना सकते हो हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन इस गाने के ऊपर सबसे बढ़िया बड़े बनाता है व्यूज मैटर नहीं करते हैं कि किसके व्यूज बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर कोई पॉपुलर है तो उसके व्यूज बहुत ज्यादा वैसे ही चले जाएंगे तो वो मैटर नहीं करेगा मैटर ये करेगा कि किसने सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई है या किसने सबसे ज्यादा मजेदार रील बनाई है हो सकता है रील बहुत ही सिंपल हो लेकिन देखने वाले को मजा आ जाए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज गाइस और है कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम न्यू टैलेंट्स को प्रमोट करेंगे नए लोगों को भी जरूर से मौका देंगे तो गाइस उसकी भी बारी है जिसने सबसे अच्छी रील बनाई उसको आईफोन फोर्टीन तो मिलेगा एकदम ब्रांड न्यू चमचमाता बंद डबे के साथ में उसके साथ ही साथ में हमारे आगे वाले गानों में भी हम उनको फीचर करेंगे जी हाँ गाइज आप लोग होंगे एक्स वाई जी रिकॉर्ड चैनल के ऊपर मेरे साथ जी हां भाई मजा आएगा और यहां पर होगा ये कि जो सबसे अच्छी रील्स बनाएगा यानी कि उसके अंदर टैलेंट तो बहुत होगा तो वो जो टैलेंट है वो आप दिखा भी पाओगे और अगर आपके मन में वो जो एक्टर है या वो जो एक टैलेंट होता है वो छुपा हुआ है, भाई बाहर निकालो उसको और ये मेरा वादा है कि मजा आपको वैसे भी बहुत से जरूर से आएगा गाना सुनने में भी अमित डॉट आप इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हैं हैश टैग एक्स कर सकते हैं और एक्स वाई को यूट्यूब पर फॉलो जरूर से करना है अगर आप लोग इस गाने के ऊपर कवर सॉन्ग वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं वहां पे भी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं आप इसके साथ में कुछ भी मिक्सिंग करके यूट्यूब पर अगर डालना चाहते हैं तो वो चीज भी आप डाल सकते हैं तो गाइज अब आप लोग देखो गाना अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में गाने का भी लिंक है अगर आप एक बजे से बाद में देख रहे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा नहीं देख रहे तो एक्सवाइज रिकॉर्ड से चले जाओ भाई गाना आने वाला है ठीक है आज के लिए इतना ही वीडियो के लिए लाइक कर देना रील्स बनाना मत भूलना बिल्कुल भी नहीं जाना के ऊपर में हैश टैग एक्सपाइज और एट द रेट अमित डॉट yt मुझे टैग गाने में जरूर से कर देना आज के लिए इतना ही चलो फिर मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय